गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लेकर कहा कि दिल्ली दरबारी नहीं होने के चलते नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह की उपेक्षा कमलनाथ गुट करने में लगा हुआ है जो कि सदन में सब ने देखा मिश्रा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड से बचाव के पालन की अपील को सभी को मानना चाहिए वही उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ विधानसभा की कार्रवाई को बकवास समझते हैं इसलिए नहीं आते हैं उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की दिल्ली दरबारी नहीं होने के चलते उपेक्षा हो रही है कमलनाथ गुट गोविंद सिंह की उपेक्षा करने में लगा हुआ है जो की सदन में सब ने देखा इस मौके पर भारत यात्रा में कोरोना के खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक अलग विषय है इसके लिए रुकना चाहिए या नहीं लेकिन पहले वो भविष्यवाणियां बहुत करते थे जो ये यात्रा कर रहे हैं ट्वीट करते थे उनको तो दूर दूर तक का दिखाई दे रहा है वे देख रहे बहुत चला था कि मैं विधानसभा में क्या बीजेपी की बकवास सुनने जाऊ तो, तो उन नहीं आगे की कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था वही बकवास था और इसलिए उस बकवास को सुनने नहीं आए होंगे मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर गोविंद सिंह जी का कसूर क्या था आपका पूरा गुट उनको विधानसभा के अंदर डिमोरलाइज करने में और फेल करने पे उतारू था मैंने बोला भी रिकॉर्ड में गोविंद सिंह का कसूर जो मेरे को समझ में आया वो इतना था कि वो दिल्ली दरबारी नहीं थे वो वो सोनिया जी के के तीसरे बेटे थे, वो कल्चर के जीने वाले थे एक किसान का बेटा था गांव से राजनीति करता हुआ अपनी राजनीतिक तपस्या से सन्नबे से लगातार अजय जीतता हुआ आ रहा था आपके गुटने तो ठाकुर के हाथी काट दिए क्या ये अलग विषय है रुकना चाहिए या नहीं लेकिन पहले बहुत करते थे जो यात्रा कर रहे कहीं जरूर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के जीरो नए केस आए हैं वहीं वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस पांच है वही संक्रमण दर जीरो दशमलव जीरो प्रतिशत और रिकवरी रेट अंठानबे दशमलव सात शून्य है पिछले 24 घंटे में पैंसठ सैंपल लिए गए हैं प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने ग्वालियर की डीआरडी लैब और भोपाल एम्स को अधिकृत किया है और संदर्भ कोरोना का है तो मैं कहना चाहूंगा दो लैब उसके लिए अधिकृत कर दिए नए वेरियंट की दृष्टि से एक डीआरडी लैब ग्वालियर है और एक एम्स भोपाल है जो, जो का पता लगाने को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सी एम एच को अलर्ट पर रखा है जो भी सैंपल लेते हैं और कोई पॉजिटिव आता है तो जो वेरिएंट है उसके बारे में पूरा फॉलोअप करें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि कोविड अनुकूल व्यवहार सभी लोग करें ये कंपलसरी नहीं है पर एडवाइजरी है कि मास्क लगाएं दूरी बना के रखें डिस्टेंस का पालन करें जो कोविड अनुकूल व्यवहार है वो हमें करना चाहिए एडवाइजरी सलाह है, सला है आपको तो मिश्रा ने मनोज मुंतशिर वायरल वीडियो को लेकर कहा कि मनोज मुंतशिर से मेरी भेंट हुई थी मैंने उन्हें डेढ़ घंटे तक धारा प्रवाह उद्बोधन की क्लिपिंग देखी थी और जिस तरह से उन्होंने हमारी संस्कृति को सभ्यता को हमारी राष्ट्रीयता को चिन्ह अंकित करते हुए राष्ट्रवाद की चर्चा की वास्तव में वह अद्भुत और अनुकरणी थी मैंने उसमें कई लोगों को रोते हुए देखा इतना भावुक और अच्छा उद्बोधन था देश का यशोगान और सैनिकों का सम्मान उनके पूरे के पूरे भाषण में था देश का सैनिकों का सम्मान करने वाले मनोज जैसे राष्ट्रभक्त वह फिल्मी कलाकार हो साहित्यकार हो इतिहासकार हो अगर उनका कोई विरोध करेगा उनको देख लेने की धमकी देगा तो देखना तो दूर देखने की सोचने वाले के लिए परिणाम ऐसे होंगे कि वह नजीर बन जाएगा देखिए मेरी भेंट हुई थी उनसे मैंने उनका डेढ़ घंटे का धारा प्रवाह उद्बोधन की क्लिपिंग भी देखी और जिस तरह से उन्हें हमारी संस्कृति को हमारी सभ्यता को हमारी राष्ट्रीयता को चिन्हांकित करते हुए राष्ट्रवाद की चर्चा की वास्तव में अद्भुत और अनुकरणीय थी मैंने उसमें कई लोगों को रोते हुए देखा इतना भावुक और अच्छा उनका उद्बोधन था देश का यशोगान और सैनिकों का सम्मान उनके पूरे के पूरे भाषण और देश का यशोगान करने वाले सैनिकों का सम्मान करने वाले मनोज मुंतर जैसे राष्ट्रभक्त वो फिल्मी कलाकार हो साहित्यकार हो इतिहासकार हो अगर उनका कोई विरोध करेगा उनके देख लेने की धमकी देगा तो उनको देखना तो दूर देखने की सोचने वाले को भी परिणाम ऐसे होंगे की नजीर बन जाएंगे वो खबरें